हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड एसबीआई बैंक में अगर आपका अकाउंट है और आपके पास यूनो ऐप है तो फ्रेंड्स अगर आपको चेकबुक के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आप यूनो ऐप पे जाएंगे यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे लॉगिन के लिए फ्रेंड आपके पास दो वे हैं एक एम के थ्रू या फिर यूज़र आई के थ्रू यूज़र आई आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है उसके थ्रू कर सकते हैं और एम पिन आपको वहाँ से एक एम पिन मिली होती है आप उसको एंटर करेंगे उसके थ्रू भी आप लॉग कर सकते हैं तो यहाँ से हमने एम पिन के थ्रू इसमें लॉग कर लिया है यहाँ लॉग करने के बाद फ्रेंड नीचे की तरफ आप आएँगे यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट है आप सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड नीचे की तरफ चेक्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट चेकबुक फर्स्ट ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स तो यहाँ से आप सेलेक्ट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ लीव्स रिक्वायर्ड यहाँ आप ये यह सेलेक्ट करेंगे ये यह फ्रेंड यहाँ पर आपको दस पेंज की चेकबुक चाहिए ट्वेंटी ये सब लिखा रहा है कि दस पेंज की चाहिए पच्चीस पेंज की चाहिए 50, पचास या सौ आप अपने अकॉर्डिंग पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे आई एम अवेयर ऑफ द चार्जेज ऑफ एप्प्लीकेबल ये सब चीज़ें और आई एग्री डैट कॉन्टेक्ट डिटेल में भी शेयर विद कोरियरअर यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स ये दिखा रहा है रजिस्टर्ड एड्रेस जो एड्रेस आपका उस बैंक के साथ लिंक्ड है वह एड्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ से अगर आपका कोई न्यू एड्रेस हो गया है तो आप न्यू एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ से हमने रजिस्टर एड्रेस ले लिया रजिस्टर एड्रेस लेने के बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फ्रेंड्स आपके सामने रिव्यू आ गया ये रिव्यू में दिखा देगा कि आपका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है अकाउंट नंबर क्या है ब्रांच नेम क्या है नंबर ऑफ़ चेक लीवस कितने पेज की चेकबुक आपकी आएगी किस एड्रेस पे आएगी यहाँ से फ्रेंड अगर आप इसको कंफर्म कर देते हैं तो आपकी चेकबुक आपके पास आ जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए क्वेरी हो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू